मैंने अब तक सभी वीडियो इंडिया की भूतिया जगहों के बारे में बनाई हैं और ये सभी जगह इंडिया की सबसे डरावनी जगहें हैं लेकिन थोड़ी सी नज़र हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ डालते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो कि डरावनी हैं जहाँ जाने से पाकिस्तान के लोग खुद डरते हैं और वहाँ जाने के लिए सो बार सोचते हैं और ऐसी ही एक डरावनी जगह जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला रखा है। लेकिन उस जगह को बताने से पहले जो बंदो से ही बनती है। तो आइए बताते हैं उस जगह के बारे में तो इसका नाम है शेखुपुरा फोर्ट यहाँ एक ऐतिहासिक किला है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है माना जाता है की इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने शासन काल में करवाया था वहीं से कई शासकों व लुटेरों के कब्जे में भी यहां किला रहा है हालांकि अभी यह खंडर हो चुका है और भूत प्रेतों का अड्डा भी बन चुका है इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहां इतिहास में जो रानियां रहती थी उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती रहती है और आज भी उनके रोने और चिखने की आवाजें इस किले में सुनाई देती है किले के आसपास कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति नहीं दिखाई देता है लेकिन क्या आप इस किले में जाना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में